गरम गरम, गरम। पन्नी क्योंकि यहाँ पे बैन है कागज में देता है तो मैं लिफाफा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने काट लिया है जितना भी छोटा छोटा बड़ा पीस तो मैंने काट लिया है इतना हुआ काट के देखिए इसमें भी एक बार धुल लेती तो अच्छे से तो दो पानी से मैंने धुल लिया है अच्छा से तो मीट हमारा धुल चुका है तो मैं शर्ट रख दूंगी इसको इधर साइड में चल बोलते यहाँ पर तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इतना मिर्ची लिया है क्योंकि आज मुर्गा एक के है तो इधर तो आप जानते दे रही हूँ यहाँ पर लहसुन ले लिया है यहाँ पर लहसुन ले लिया है मेरी लड़की हेल्प करने आ गई मेरी और इधर इतना अदरक ले लिया है और चार से पांच प्याज ले लिया है मेरी है न उसमें उसमें आया परेशान करता है मेरा पर देखिए दोस्तों मैंने छील छील लिया मेरे अच्छा काम करती है है आया ओ भी जैसा तैसा के दिया बेटा भागो भागो पर दोस्तों मैंने प्याज भी काट लिया है थोड़ा थोड़ा सा अरे पॉपकॉर्न खा रहे हो आरबकॉन खा रहे हो मैं मैं लड़की कढ़ाई अदरक कर लिया है भाईयो तो इधर मैं में तेल डाल देती हूँ यहाँ पर तेल डाल दिया है लाल लाल मिर्ची जीरा जीरा और लकड़ी दालचीनी जिसको बोलते हैं। हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा प्याज देती हूँ सारा मुर्गे के लिए प्याज डाल दिया है चला दूंगी प्याजा है देखिए अच्छा से तो यहाँ पर अंधेरा अंधेरा देख रहा है, पर है इतना हाँ। देते हैं। तब कितना समय तक नहीं बनाये बताये यहाँ पर जो लहसुन और मिर्ची और अदरक कूद के रखा था वो डाल दिया मैंने यहाँ पर मिला देते दे बड़े अच्छे से हाँ। और डालेंगे हम टमाटर टमाटर मैंने काट के रखे हैं दो छोटे-छोटे बड़े हैं जी वैसे नहीं है तो, नहीं। तो ये के कितना समय तक बनाना पड़ेगा वो तो यहाँ तो तो तो पर हम मसाला डाल दे पहले उसके बाद ना। दस ऐसी मिनट तक यहाँ पर एक पैकेट मसाला डाल दिया चिकन मसाला है जो अब अच्छा इसको इसमें पानी नहीं देना पड़ेगा ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा पंद्रह मिनट के लिए क्योंकि इसमें पानी अपने आप से निकलता है और अच्छा से सब प्याज और टमाटर भी मिल जाएगा, अच्छा से सब जाएगा तो घर तो के तो बोले तो पंद्रह मिनट तक छोड़ेंगे अच्छा पंद्रह मिनट तक छोड़िएगा उसके बाद में फिर से बनाना पड़ेगा अच्छा से पर देखते हैं कि कैसा हुआ पंद्रह मिनट के बाद हमारा मुर्गा मु, मुर्गा बोलते है की चिकन बोलते हैं मुर्गा तो पहले बोलते थे ना आज अब तो चिकन बोलने लगा है था हाँ वही बात सही है पहले तो मुर्गा ही बोलते थे गांव देहात में आदमी मुर्गा ही बोलता है मुर्गा ही बोलता है हम, तो आ, हम, हम लोग भी तो गांव हम हम लोग लोग कौन सा है है वो बात सही यहाँ पे रहते इसलिए हम लोग पे शहर में रहते तो इसलिए चिकन बोल लेते हैं कभी कभी नहीं तो गांव में तो, तो चाहे वो पोल्ट्री हो चाहे लोकल खरीद के लाए तो दोनों को तो मुर्गा ही बोलते है तो देखिए यहाँ अच्छे से सारा मसाला मि, गया थोड़ा सा अच्छा से लटाना पड़ेगा कच्चा पढ़ना धीरे-धीरे अच्छे से पका लेते हैं तो बन गया है। अभी नहीं ना थोड़ा टाइम लगेगा वैसे बनने वाला है तो एक पीस दीजिए ना मैं खा के थोड़ा देखता हूं कैसा है दिखाती हूं ये देती हूं आपको इतना गरम मत दे दीजिएगा कि हाथ ही जल जाए हाथ में नहीं दूंगी थाली में दूंगी आपको खाने के लिए अच्छा अच्छा तो दीजिए तो मैं खा के देखता हूं कैसा लगता है अच्छा लो ज्यादा गरम है बस ठीक से गरम, गरम, गरम। आ, बहुत गर्म है ये ठीक है नमक है। नमक हम्म ठीक ठीक है है ना सच में तो दाल के साथ में ऐसे छोड़ क्या ऐसे हाँ, भी ऐसे ऐसे भी छोड़ने से होगा ठीक ही है ठीक है तो, तो चलिए दोस्तों बन, बन के रेडी हो चुका है जैसे आप देख पा रहे हैं तो अब आप अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ नया रेस